प्लीज लाइक सब्सक्राइब। सब्सक्राइबारी देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही रोचक मजेदार और ज्ञानवर्धक हैं। हमें उम्मीद है कि तितली के बारे में ये रोचक तथ्य आपको पसंद आएंगे रंगबिरंगी प्यारी तितियाँ हम सबको पसंद हैं। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं यह एक प्रकार का कीड़ा है लेकिन प्रकृति ने इसे इतना सुंदर बनाया है की ये सबका मनमोह लेते हैं लेकिन हमें तितली के बारे में कई सारी बातें पता नहीं होती आज हम इसी के बारे में कुछ रोचक हैरान करने वाली थी औसतन एक तितली की आयु एक महीने की होती है लेकिन अलग अलग प्रजातियों की उम्र अलग अलग हो सकती है इसके अलावा मादा तितली नर की तुलना में अधिक उम्र तक जिंदा रहती हैं। चार जिस अंडे से तितली बाहर निकलती है उसी अंडे का छिलका उसका पहला भोजन होता है पाँच तितलियां अपने भोजन का स्वाद अपने पैरों से लेती है छह किसी वस्तु के गंध का पता उन्हें उनके सर पर लगे हुए एंटीना से मिलता है जानकारियाँ आपको बताने वाले हैं साथ तितलियाँ बराबर किरणों को भी देख सकती है इनकी आंखों में लगभग 6000 लेंस लगे होते हैं 8. हजारों लेंस लगे होने के बावजूद ये सिर्फ लाल हरा और पीला रंग ही देख सकते हैं 9. तितली दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है बस अंटार्क्टिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी तितली नहीं है 10. पूरी दुनिया में मोनाक तितलियां एक कीट है जो हर सर्दियों में औसतन दो मील की यात्रा करती है ग्यारह वैज्ञानिकों को लगता था की तितली बही होती है लेकिन सन उन्नीस में तितलियों की कान की पहचान की गयी बारह तितलियों के पास एक लंबी ट्यूब जैसी जीभ होती है जिसके जरिए वे अपने भोजन को सोखने लेती हैं। तेरह आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई वयस तितलियां अपना खाना पूरी तरह से पचा लेती हैं और अपने शरीर से कुछ भी कचरा बाहर नहीं निकालती हैं। चौदह इनका खून ठंडा होता है पंद्रह अगर हवा का तापमान पचपन डिग्री फेरन हाइट कम हो जाए तो तितलियाँ नहीं उड़ सकती चूँकी तितलियाँ ठंडे खून वाले होते हैं वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते और ठंड की वजह ऐसी उड़ नहीं पाते सोला. तितली के पंख पारदर्शी होते हैं जो रंग और पैटर्न हम देखते हैं वे दरअसल पंखों के ऊपर लगे पतले परत पर प्रकाश के परावर्तन से बनता है सत्रह तितलियाँ आकार में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रजाति का आकार 12 इंच जबकि सबसे छोटी तितली आकार में सिर्फ आधा इंच हो सकती है अठारह तितली की कुछ प्रजातियाँ केवल एक ही प्रकार के पौधे आरोप अपने अंडे देती है उन्नीस पुरुष तितलियों के लिए कुछ जरूरी खनिज और तत्व पौधों व फूलों में नहीं पाए जाते